तो हमने यहां हर नंबर को दो दो बार रिपीट कर दिया हुआ है और रिपीट करने के बाद अब मुझे यहां पे एक ब्लैंक रो इस तरह से इंसर्ट करना है तो कैसे करें तो इसके लिए हमने नीचे जैसे यहां पर 32 टू नंबर है टोटल यहां पे हम 32 नंबर को मैं लिखेंगे लेकिन ये नंबर सिर्फ वन टाइम होगा ट्वाइस नहीं होगा तो थर्टी नंबर को हमने रिपीट कर दिया अब लॉजिक क्या करता है कि हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे तो ये दो, दो तो वन होगा होगा और नीचे वाला जो ये वन है उठ के इसके इस वन के नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से तो ये जो आएगा तो पूरा का पूरा रो लेके आएगा तो रो तो इसका ब्लैंक है तो ये ब्लैंक लेके आ गया तो चलिए करके दिखाते हैं हमने सेलेक्ट किया और हम चले गए शॉर्ट एंड फिल्टर के कस्टम शॉर्ट में और यहाँ हमने सीरियल नंबर को सिलेक्ट करके ओके okay कर दिया अब यहाँ पे देखिए एक एक नंबर यहाँ आपके सामने हर एक दो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गए